तो वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्रोग्रामिंग में तो जैसे मैंने यहां पे 20 प्लस थर्टी कर दिया अब जो ट्वेंटी प्लस थर्टी हुआ स्टोर कर, तक करना ये। पड़ेगा ये। right? ये। करने के लिए स्टोरेज लोकेशन चाहिए तो लोकेशन में हम देख सकते हैं रेंज ए वन डॉट वैल्यू ए वन डॉट वैल्यू तो ए क्या करेगा ए वन के ऊपर आपका जो फिफ्टी रिजल्ट है वो स्टोर कर देगा मैं रन करके दिखा दूंगा तो ए देखिए फिफ्टी आ गया बट इसके लिए मुझे ए वन को फ्रीज करके रखना पड़ेगा मतलब कि उस पर कोई और वैल्यू ना हो ऐसा करके रखना पड़ेगा तो ये चीज हम नहीं चाहते हम चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन हो वीवी के अंदर ही हो जाए तो यहां पे हमने एक P ले लिया तो P इक्वल टू 20 प्लस थर्टी और जहां मुझे अब इसकी रिजल्ट 50 की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम P ले लेंगे राइट अब मैं इसको रन करूंगा रिजल्ट देखिए 50 शो कर रहा है तो P क्या हुआ P एक का टेम्परली सेविंग लोकेशन हुआ अब टेम्परे क्यों हुआ टेम्परि हुआ क्योंकि जब ये माइक्रो चलेगा तो पी नाम का लोकेशन आपके सिस्टम में क्रिएट होगा और फिर जब पी खत्म होगा मैं माइक्रो जब खत्म होगा तो लोकेशन हमारा डिलीट हो जाएगा राइट सर तो वेरिएबल आता है लेकिन हमने डायरेक्ट पी ले लिया लोग इस पे करते हैं वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि dim P as ए इंटीजियर हम बिना डिफाइन के भी ले सकते हैं क्योंकि बिना डिफाइन जब करते हैं तो हमारा पी जो है एक वेरियंट बन जाता है तो इंटीजियर क्या हो अब डीम मतलब हो गया डायमेंसन पी के जगह पे आप अपना नाम दे सकते हैं एज ए इंटीजर।, इंटीजर हो गया दस्ट मतलब कि डेटा टाइप ये इंटीजर है, मतलब कि सिर्फ हार्डवि हार्ड हार्ड डिस्क के डायमेंसन में पी नाम का लोकेशन क्रिएट होगा जो इंटीजियर डेटा टाइप को स्टोर करेगा क्लियर है